गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा विपक्ष की राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा विपक्ष की राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया तक है जनता से उसकी परेशानी जानना या उनके बीच पहुंचकर संपर्क में रहना अब विपक्ष के बूते का नहीं दिख रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जनमुखी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है यही कारण है कि दतिया में चाहे जिला पंचायत जनपद पंचायत नगर पंचायत या नगर पालिका हो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व मिला है जनता चाहे आशीर्वाद उनका बोला था उनका अवसर था जनता ने आशीर्वाद दिया अवसर बदले में अवसर दिया पानी सकते हैं पर बाकी ये काम तो पानी चली गए ये आपको देखना होगा आइडिया आपके दिमाग में हर पार शक्ति मन में आना चाहिए आपके मन में एक्सीडेंट ना आ जाए आप अपने काम को सोशल मीडिया का बोले बिल्कुल सोशल मीडिया का। आप अपने बारे में स्वच्छता में नंबर पर नहीं बना सकते अगर तो बड़ा लगेगा अगर आपने अपने अपने को चमकाने की थाल तो मुझे भी आपकी क्षमताओं पर विश्वास है बाढ़ के लोगों नगर पालिकाओं में पर आता वो हम क्यों ना एक हम पानी का संकल्प ले सकते हैं और डगर डगर कबाल बुलंदियों पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं बुलंदियों ठहरना कमाल जिस वक्त के अंदर हो झाड़ू उठाई थी ये तब की विनम्रता को कभी तो देना क्योंकि क्रांति और वाणी को बना देना। मैं चलने लगा। मेरे पैरों में फिर होगा। तो तो तो तो तो तो हाँ के के लिए है, पर ये ये ये माफी भी मैं मैं सब सब सब ताकत ताकत से से पूरी हम हम साथ हैं और मिल जाएंगे, तो की जब जब तक तक हाथों इसको कोई आने देना क्योंकि बहुत बहुत मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा नगरपालिका द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि थे इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर शांति प्रशांत ढेंगुला उपाध्यक्ष पद पर रजनी योगेश सक्सेना ने शपथ ग्रहण की इस मौके पर प्रशांत ढेंगुला ने शहर में पेयजल सफाई प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की पूर्व योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की बात कही है जाकर तो में भारतीय जनता पार्टी ने में जिला पंचायत तीनों जनपद पंचायत semi nirrodh nirvaachit bhumiye samrabh bharat ke pyaas ne yehi pehla avsar what starts here changes the world the world of opportunities the world of inspirations we are ln city group where every beginning changes the world providing the best results highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world ln city group choose the best to be the best for admissions call 7407771